है? तो है? भाँगा भाँगा है? है है है। ना? बना बना रुको रुका मैं रुको रुको रुका मैं आई जी रुको रुका आई तो सारा रिकॉर्ड कर लिया लिया। तो सब तू, तू तू लाख तो तो सारा रिकॉर्ड कर, कर वाण वाण वाण के के लिए? लिए। को नहीं दिया करोड़ आज एक मिनट तो मैं... मैं आई जी साहब करते मार कैसे कर दिया तो तो खी लेता खुदी करानी पांच पचलाती है पुलिस में है कैसे लेते बोल रहे तू डोन करा डो रहा है डोम लग रहा है डोन लग रहा है बोलना जवाब देना ज नहीं हुआ पीछे तो मेरे खिलाफ पत्ज नहीं हुआ था बनाया लोग करो मेरे खिलाफ पत्ज हुआ था पैसे लेने का कोई ईमानदार नहीं बताओ ईमानदार पैसे लेने का अरे कोई जवाब दे मेरे खिलाफ पैसे लेने का पत् दर्ज है आपको बढ़िया बना रहे हैं तुम्हें कैसे जरूर सच के बाद है बात करो पीछे हो पीछे हो पीछे फोन देना हो, ये तो तो ले रुपये बात कहता बाइक पे बैठ जा बाइक पे बैठ जाइको बैठ उसको यही रुप सर जी आप सीनियर मुलाजिम हो के ऐसे पता लगा तू खिलाफ नहीं है बोल ना। तेरे खिलाफ ग्राफ आरोप नहीं है है? है। इसके खिलाफ क्या है जबरदस्ती अपनी पुलिस कार काम है सरकार का काम है जबरदस्ती है और मैंने देख लिया ना मैं हाडूंगी यार के लिए अरे चक्कर में तू हाथ बट टाइम बुलाऊंगे पहले यही होगा बुलाऊंगा दूसरे वीडियो बुलाया हूँ कर दिया मेरे बोलता हूँ मैंने कर दिया यार वीडियो खुद थोड़े सही बात के बात है करूटी ऑन ड्यूटी ऑन ड्यूटी आप आगे ना उठाना हाथ ना उठाना आप आगे ना उठाना सिंगम जी आप आगे ना उठाना आप हाथ ना उठाना आप आप आप आप ऑन ड्यूटी कैसे, कैसे, कैसे हाथ उठा रहे हो आप ऑन ड्यूटी कैसे हाथ उठा रहे हो कैसे ऑन ड्यूटी हाथ उठा रहे हो आप इसके ऊपर पहले पहले गर्दन पे हाथ उठाया पहले गर्दन पे हाथ उठाया सारे नाच मारा हुआ है किसी वजह से नाच उठाए वो तुमने कर रहा मैं एस पी एस पी को फोन कर रहा हूँ मैं रुक जाओ एस गाइस को बात करो आप एक मिनट को अरे ऑन ड्यूटी मार गए इन्होंने आपको मार लेगा। आप केस करो आप केस करो आप केस करो आप लीगल तो नहीं आप क्यों आप, हो क्यों आप प्रशासन आप आप हो आ, आप प्रशासन आप आप प्रशासन आप, आप, आप आपने भी तो हाथ धर रहा है इनके ऊपर आपने भी तो मारा है गर्दन पे हाथ मारा है आपने इनके आपने इनकी गर्दन पे हाथ क्यों मारा आपने हाथ क्यों करा इनके ऊपर ऑन ड्यूटी ऑन ड्यूटी आपने हाथ कैसे उठाया खूब हाथ क्या उठाया लीगल लीगल करो ना आप लीगल लीगल केस करो ना उनके खिलाफ इलीगल आपने हाथ क्यों उठाया आप भी नहीं आप बोल रहे हो बड़ा नहीं आप बोल कैसे रहे हो बहुत आपका बोलने का ढंग ही ऐसा एक तरीके से बोल दीजिए आप और हाथ उठा दिया इस पर तो तो आपने तीन बार आप ऑन ड्यूटी आप आप ऑन ड्यूटी हाथ नहीं उठा सकते आप ऑन ड्यूटी हाथ नहीं उठा सकते साफ बात है जी ये हाथ उठाने की बात है ये तो पब्लिक ग्रूफ है आपने ऑन ड्यूटी हाथ उठाया उनके ऊपर हाथ उठा सकते यहाँ पैसे ले रहे थे मैंने बाइट तू फिर तू फिर बोलो ना इसको बोलो झूठ कैसे बोल रहा भैया हाँ झूठ बोल रहे हैं ना झूठ कैसे बोल रहे पैसे ले लग रहा है अरे हाथ भाऊ जी तीन बार हाथ उठाए करते इन पे हाथ मार के नीचे है इनको ऑन ड्यूटी उस अफसर पे हाथ उठाया इन्होंने मेरे पर लाजम लगाओ कोई बात आप नहीं। नहीं, का कर नहीं आप करो ना उनके उनके ऊपर ऊपर? करते लीगल फॉर्मेट बनाओ अब आपने हाथ क्यों उठाया इसने क्या है? अरे तीन बार गर्दन पे हाथ उठाया है मेरे को वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है तीन बार जितने चोर बैठे हैं बैठे हैं मेरे खिलाफ इसी खिलाफ पचास लेने ड्यूटी क्या है मेरी सुनो आपकी घरवाले की ड्यूटी क्या है यहाँ गुड़गा यहाँ क्या लेना है क्या चब, लेना है पत्ती। तो बना पता नहीं कितने पुलिस वालों के मुख्य दर्ज है कितने पुलिस वालों के मुख्य दर्ज है चलो भारत माता की नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे जय मातरम मातरम जय नहीं गड्ढे देंगे नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं, चलेगे नहीं, चलेगे, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं जोर मुदाबाद इसे बोलमेंट ले रहा हूँ मैं चलो मैं आई जी ऐसी बात करता हूँ रुझो अभी आई जी साहब ऐसी बात करो ऑनलाई नहीं ऑनलाइन नहीं आई जी ऐसी बात करता हूँ मैं कहा गया जी और पुलिस मुर्दाबाद चोर पुलिस मुर्दाबाद मुर्जाबाद चोर पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस मुर्दाबाद की जब नहीं कटने देगा मुर्दाबाद पता की तो है। ऐसे चोरा की चोरी नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। भर्त पता की वंदे इनके खिलाफ ठाकरे जो है ऐसे इधर इधर आओ खड़े एक मिनट एक मिनट आप इधर खड़े हो अंकल आप आ, जी आप आप सामने थे क्या हो क्या ऑन ड्यूटी ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर के साथ हाथ उठाना सही है गलत है उन्होंने पत्नी है हाथ उठाने का आप मानते हो ना हाथ उठाने का कोई मतलब नहीं अगर ये ये हमारे ऊपर भी केस करते हैं न की ऑन ड्यूटी वर्दी के ऊपर हाथ उठाते हैं लो लो ते ते लो लो लो लो लो बोलो बोलो सर चोर भागे चोर चोर भागे अब क्यों नहीं है सच्चो आया अब ऐसा को बुला अब ऐसों को बुला ना तू ए नंबर का लाज में कत ना इसकी कार्यवाही बिठाओ भाई ना ना इसकी नही बिठानी पड़ेगी यहाँ दराई थोड़ी शोध हाँ। इसकी बढ़िया करूंगा सारे के आज मैं पाकी पाकी के खुराक आज बोला आज इसकी खुराक बढ़िया न खेलूंगा तो अपने बाप का नहीं अच्छा, तो पत्रकार देते हैं चलो चलो सारे मिलके के लेते नहीं डॉवतरे लाइव में आ गया जी लाइव में आ गया आप कैसे हाथ पंदर के अंदर इनको आप हाथ पकड़ के आपसे जीनियर है आपसे आपसे आपसे आपसे सीनियर थे या जूनियर थे पकड़ा आपसे आप आप, आप आप आप सीनियर थे या जूनियर थे आप, आप, तो पेश, तो पेश। तो तो आप ये बताओ आप ये बताओ आपसे सीनियर थे या जूनियर थे आप क्यों बताओ आप ये बताओ आप ये बताओ न न आप ये बताओ आप कैसे पकड़ा आपने इधर बताओ इधर हाँ मतलब यहाँ लूट मचाई हुई है सबने है किस लिए लूट मचाई हुई है तुमने यहाँ पे आपके जातों को लूट मचाई हुई है इन्होंने आ चलो तेरा तेरह सत्रह बजा हाँ जी क्या कह रहे हो आप पे इनका। अच्छा। कभी जाते हैं तो पीछे लग जाते हैं उनके हैं। अच्छा पूरे पैसे लेते हैं इनसे ठीक है जी ठीक है ये मुझे ठीक है सर भेज पूरी गवाही गई है जी इनके खिलाफ पीछे भी गवाही दी है काम करूं। डेली ले हर किसी हर किसी से रिश्वत लेते हैं ये हर किसी से रिश्वत लेते हैं हाँ भाई लेना रोजर भाई। लेवा ना रोज। मैं पंद्रह बीस ले लेना डेली ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर वाला है वीडियो बनाते दे सकता हूँ आज की बात है तो दस दिन बाद ये मांगेंगे डेली मांगते डेली है वीडियो रिकॉर्डिंग हो लाइव है जी लाइव है ले हैं भाई सब ने पता है ना जब छापा अब भाग्य क्यों ये मीरे चलो थाने में आ जाओ चलो चलो चलो जी चलो